ओ हेलो लड़कियों की फ्रेंड लिस्ट के उनके बॉयफ्रेंड का अंदाजा लगाने वाले लड़कों, लड़कियों की असली मोहब्बत है ना, उनकी ब्लॉक लिस्ट में होती है तुम्हारी ब्लॉक लिस्ट में एक नहीं छत्तीस होंगे सारा जमाना जानता है इसमें कौन सी बड़ी बात है पहले लड़कों से मजबूरी बताकर पैसे ले लेना और जब देने की बारी आई तो ब्लॉक कर देना तुम यही करती हो ना सही है यही तुम्हारी औकात है